तो यो गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकर्स ब्रदर्स और आज हमारा मेन गोल एंडर ड्रैगन को नहीं है मारना वो बंदा भी परेशान हो गया हमसे आज हम नहीं मारना नहीं है ब्रो आज नहीं? हमें मरना है क्यों मरना है इस गेम में की, क्या करेंगे जीतेंगे तो पता नहीं है उतने वो क्यों बना भैया अरे वो खम्भे नहीं है वो लेवल्स है हमारे अच्छा और देख ले हमारी कैसी चमक रही है सड़क आप भी समझ गए खेलने जा रहे ट्वेंटी और जैसे ये मैप कम्प्लीट होगा आपको सब्सक्राइब दबाना होगा लाइक करना होगा और लाइक एम है तो हाँ, ट्वेंटी ट्वेंटी का लाइक हम रखते हैं इनका मेन गोल रखते हैं सब्सक्राइबर्स का ना प्ले स्टोर पे आप जाइए एड एप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर और भी टाइप के हमारे हम जो भी मॉड्स करते हैं ज्यादातर उसमें से उनमें मिल जाएंगे आपको और ये ट्वेंटी वेस्ट टू डाई भी आपको उसमें मिल जाएगा तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पड़े पे आते मेरे को भूख लगी भाई भूख लगी अरे भाई अब इसमें मरना है अरे ये कौन सी जापानी लैंग्वेज में लिखा है मेरे को भी नहीं नहीं पता पता चला इसमें मरना है, तो है क्या बोलता है आराम तो हाँ, से सेंटर में मत करना नहीं तो मेरे को पता है वो लाइट जो है तेरे काम बिगाड़ सकते है एक घाट ऑलरेडी ऋषु का जा चुका है मैं भूख से ही ऑलरेडी मर सकता हूँ अगर मैं फालतू का करते रहा। लेकिन हमें से मरना, भाई अब मत डर, इसमें मरने से ही जीत मिलनी है अच्छा मरने से ही चलो मरो ये। आहा, क्या बात है ओपी। आज पहली बार मर के खुशी मिल रही है मेरे को पता नहीं की मेरे को भी ये। तो गाइज फाइनली इसके डेढ़ हार्ट्स बचे हुए हैं और ये एक एकदम हाफ हार्ट अब गया अब गया फाइनली अब गया। तो सी भी कुछ जब और यस फाइनली ये चला गया अब हम हाँ, यस मेरा आईडी तो कुछ और है हिट द ग्राउंड टू हार्ड तो गाइज इस लेवल में हमको लावा से मरना है और ये शायद हिंट बटन है हाँ मेरे को लगता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था चलो लावा बिकेट यहाँ पे आराम से स्विमिंग करेंगे आज हम आराम से अरे बाप रहा है इतना है राग। बार राग। पहली बार में के मजा आया चलो टू स्विम इन इसमें क्या तोसे? डालो इसके अंदर को डालो बच्चे अब तेरे को इसके ऊपर चढ़ना है मरना शुरू हो चुके था, हैं। था, आ, आउस, अरे अरे भाई तू क्या कर रहा है रीशु अच्छी तरह मरना हाँ वेरी गुड वेरी गुड जा मर जा जा मुर्जा मुर्जा जाते राम राम से, राम से, राम से मरने का मर गए चलो फाइनली रिशु और अब है सामान वो लोग माइक्रम चोरी कर रहे हैं बहुत चालू हैं ये देख वही बकेट है इसपे मेरी के अब मेरे को को शायद क्या करना है तेरे को ना होना है तेरे ना उंगली आते मैंने कान के नीचे चाड़ लगा दूंगा देख भैया <laughs> कर दी अब की मतलब नहीं है हमें तो मरना है भाई अब आराम से भैया मरेंगे वो तो ये वन पॉइंट सेवेंटीन नहीं बहुत पहले से अब तेरे को पता नहीं है में, में को कि वन पॉइंट सेवेंटीन में सिर्फ से तू लेवल फाइव पे आ चुका है और यहाँ पे आयरन और ग्रेवल ओ ऋषु समझ चुका है मेरे को लगता है ऋषु समझ चुका है। ए, लेकिन मैं अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा अरे भाई ये ग्रेवल से से निकाल के आयरन उससे उस से आग लगा अच्छा जी तो निकाल फ्लेंट अरे बापरे निकाली गए एक चार घंटे की मेहनत के बाद और ये बनाया फ्लिट एड स्टील और परीक्षा अर्जुन की अग्नि परीक्षा भाई तो, तो, तो है तो तो तो तो है तो तो मैं बोल नहीं शुरू फिर आ चुका है ले ले ले ले ले और इधर दिमाग वाला है मेरे को को जो करना है वो मेरे को पता है और मेरे को भी पता है खिलाड़ी नहीं हूँ बताए मैंने को तो कच्चाई खिलाड़ी है बेइज्जती इंसल्ट फूड इंसल्ट इंसल्ट हो ऐसे हो सकता है ऐसे शायद हो सकता है नहीं उसे करेक्ट करेगी तभी ना मतलब तो तो ऐसे फिर मैंने गलत लगा दिया मतलब चलो अब हम जल्दी-जल्दी एरो जल्दी मार-मार के मर जाते हैं गाइस तो बड़ी मेहनत के बाद दो हार्ट ओ भाई डेड मार दे मार दे मार दे वेरी गुड काबट कर दिया लेवल। इसके अंदर क्या है है है? है। क्या है? क्या क्या इसके अंदर वुल्फ्स वुल्फ्स मेरे को पता वुल्फ है। वुल्फ के से करना है अगर हम वुल्फ को मार तो उसकी सीना हमने पीछे पड़ दिया तो बहुत सारे पहले वुल्फ समन कर रही अरे ऐसे तब तो ये फॉल्ट मेरे से बहुत ज्यादा मरेंगे एकदम पज्जल शायद यहाँ पे कुछ है मैं समझ गया, गया। तू तो सम नहीं लगा मोल्ट कर प्रो कर सकते हैं। देखो भाई अब ये बोलता है प्रो। इस बंदे को ये ये। भी नहीं पता एकदम सुली सुली, से हाँ इसके पीछे और ये। तो आ चुके हैं हम पे। अब देखते हैं नाइन्थ फेज पे हम और चलो चेस्ट खोल रिशो जल्दी से और यहाँ पे एन भी समझ गया रिशो भी समझ गया सर इसके फोड़ सर फोड़ फोड़े के। भाई ज़्यादा हो गया हट से दूसरी कोने पे आज घुटन होने वाली है मेरे को पहली बार मनी क्राफ्ट में अरे वाह वाह तालियाँ होनी चाहिए तो ऊपर से अरे यहाँ पे बटन है यार अरे भाई जल्दी जा जल्दी जा यस ओके, ओके अब मैं आराम से मर सकता हूँ बैठ के जाते जाते ये पूरा जाएंगे आ चलो अब तेरा इलेवेंथ फेज okay. में क्या है आपको चेस्ट घोड़ा और शडल घोड़े से कैसे मर सकते हैं सबसे पहले घोड़ा तेरे तो पता है क्या है है इसको बड़ा करेंगे भाई बंदा अच्छा अच्छा अच्छा को के आई आई डबल किल ईपी ईपी फाइनली एम अब लेवल और इसके अंदर है वेरी गुड थोड़ी बहुत, आपने भी में कभी की हो की होगी? होगी तो। अरे अरे तो अरे एक और भाई। का दिमाग। को पर करना करना है। है। है मैं मैं मैं समझ गया गलत कर रहा बताता तू न पता है क्या कर सबसे पहले इस को खींच इस से तो तब इस इस पिस्टन को इधर खींच तब ये इधर आएगा फिर इस पिस्टन को ले ऐसे खींच अच्छा। और ऐसे कर तू इस ब्लॉक को यहाँ बीच रिपीटर के पास लीट और बस आ गया हो गया मेरे पास अब जल जल्दी आगे भी बढ़ना है हमको तो करने लगा रहा है। है? अब ये क्या है। क्या और इसमें भी का दिमाग मेरे मेरे को को तो तो कुछ में कुछ समझ नहीं आ पे लगता है ऐसा जो मेरे को करना है या मेरे को आस पास तो कुछ मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ तक रेस्ट तक लाना है यहाँ तक क्योंकि यहाँ पे एक... ले ले भाई अभी तक तो नहीं एक बार मैंने लिया था लेकिन उसमें भी मेरे को समझ ही नहीं आ रही भाषा बस मेरे को पता है तक रेड लाना है यहां पर लिखा है अब देखते हैं कैसे लाएंगे ऐसे लिया ऐसे कर दिया करके रहेगा यार इसके समझ तो में तो नहीं आ रहा है क्या करना है देख... करा है सस्ते मेरे। कर देने ये होगा। पता पता नहीं। नहीं क्या मिला? लावा बगेट। हैं लावा बगेट इतनी। और मेरे को भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही लगा दिया तो मेरे नहीं पता भाई। ये मेरी इतनी कर... गर्मी क्यों है भाई? और यहाँ पे फिर से चेस्ट मिला चेस्ट मिला रहा है हाँ था तो पता था अब गाय यहाँ पे हमें मिला है कुछ आयरन अब आयरन से क्या बन सकता और, और यहाँ पे, पे थोड़ा पानी है वाटर बकेट बकेट तो बन सकता यहाँ पे लावा भी तो होना चाहिए लेकिन शायद लावा भी अंदर तो लावा है सुन लेटर भाई भाई तो लावा ये बंदा बहुत सबसे प्रमोशन। दिस इज माय हम लास्ट के तो बहुत नजदीक स भी है यहाँ पे मेरे को लगता है पोषण ऑफ हार्मिंग हमको बहुत... सब, सब कुछ पीके न हम लोग सीधा मरगा पोषण ऑफ हार्मिंग हमको बहुत ज्यादा हार्म करेगा और क्या है यहाँ पे टर्टल मास्टर स्ट्रेंथ रिजनरेसन हीलिंग वाटर ब्रीथिंग नाइट विजन पॉइजन पॉइजन पॉइजन पीना मेरे को जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पॉइजन लग गया अब मैं मरना हूँ प्लीज़ मरता प्लीज़ मरता प्लीज मरता प्लीज मरता प्लीज़ प्लीज़ हम फाइनली मर चुके हैं तो और हम सेवेंटीन लेवल में आ गए और हम मैजिक से मरे हैं तो अब हमें एक और मैजिक भाई ये बहुत ओपी माजी है और मैंने बोट और पता पता, पता पता पता पता पता पता पहले आपको एक काम करना है एक बोट डाल के तेरे को बोट करना है ऐसे ये से ऐसे जाके और अलविदा ना कहें अब... और फाइनली हम इसमें भी मर चुके हैं और एटीन लेवल में हमको चेस्ट मिला है पिस्टन ये बटन और ये पिकैक्स पिकैक्स को पिकैक्स उठाने दो और और इससे क्या क्या कर सकते हैं हैं देखो तो ये क्या है व्हाट दिस मैं मैं अंदर ब्लॉक्स ब्लॉक्स ओह समझ समझ गया समझ गया तो मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं समझ गया मैं भी समझ चुका हूँ कोई तो बात नहीं है ऐसे लगाना ये प्रो होती है क्योंकि ये बहुत बेकार लेवल है तो इसके लिए वन लाइक फॉर द दर्ल्डिंग शॉट्स और हम ऊपर उठे और यस चले गए एक, मौल एक एक हार्ट खा के करेंगे जल्दी जल्दी तो फाइनली गाय जितनी मेहनत के बाद हाफ हार्ट बचे हैं और ये तो तब मेहनत सफल हुई जब मेरे हंगर बार कम होने लगा और ये हर गे हम हार हार के के के के जीतने जीतने वाले को और और और हम इतना 19 लगा दिया बोल रहा हार के वाली के अरे अरे खाओ इसके लिए अच्छा, हंगर अच्छा। हंगर लिए हंगर हंगर चाहिए हमें क्या करना फॉल डैमेज और रनिंग तो रनिंग के लिए इतनी जगह तो है नहीं तो फॉल डैमेज कुछ अरे भाई चाप तू जो काम दिया वही कर अरे यार आधी हंगर मार गई आधी खा खा खा खा जल्दी खा बहुत भूख लगी अरे अरे पड़े, अभी पड़े, पड़े, अरे पड़े. अभी अरे मैं भाई दली दली भाई जल्दी जल्दी मार लगे भाई पीले भाई पीले। भाई, पीले। भाई खा ले मर गए आखिरकार हम ये बहुत और फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट लेवल पे तो जो बहुत है। है है? अंदर है। है, है? है, तो तो तो? लगता लगता नहीं। नहीं भी दिए, अंदर और पे एक ठीक जाना। अरे मैं ये तोड़ के देख ना तो। दीवार फाइनली टूट गया और इसके अंदर एक कमांड ब्लॉक है और ये ग्लासेस तोड़ेंगे पूरा मैप तोड़ते हुए जाएंगे और जाऊँगा तो मुझे को बटन मिलेगा और उस बटन से ओ मैं ऐसे भी मर सकता हूँ मेरे को पता नहीं था और मेरी हंगर भी जा रही है। ऐसे ही मर लेते हैं अब उतना बटन लाने कैसे जाऊंगा और लास्ट तो, तो फाइनली हमारे दो हर्ट्स बचे हैं और ये एक हॉट रिशुट्स यार जाने से पहले एक बार देख लेता हूँ मैं इस वर्ल्ड को अच्छा था यार ये मैं बहुत अच्छा था हो ओह यस। जोगो कंप्लीट। मेरा नाम जोगो नहीं है मेरा नाम हमारा नाम ब्रोकर ब्रदर्स है और हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शायद ये कंप्लीट किया और ये इतिहास लिखा गया है तो यूट्यूब वालों ने हमको धन्यवाद थैंक यू यूट्यूब वालों आज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक like कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे न्यू न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे जो भी नए बने हैं हाँ। और कमेंट में ज़रूर लिखेगा और याद रहे प्ले स्टोर से एडउंस ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा बहुत मोड अप, बहुत ओ मोड एप्लीकेशन है तो बाय बाय गायज मिलेंगे ऐसी एक मजेदार वीडियो के साथ टेक केयर मनी एन